तो भाई लोग क्या आपको पता है कि ब्लूटूथ का नाम किसके नाम पर रखा गया अगर नहीं पता तो इस वाले वीडियो में आपको जरूर बताएंगे तो वीडियो देखने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को, को सब्सक्राइब जरूर करें तो उनका नाम था राजा हेराल्ड ब्लूटूथ